डेटा एंट्री ऑपरेटर जॉब दोस्तों आज हम बात करेंगे डाटा एंट्री के बारे में डाटा क्या है डाटा एंट्री क्या होता है और डाटा एंट्री ऑपरेटर क्या होता है डाटा एंट्री की भर्ती किस तरह से होती है डाटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती की प्रक्रिया के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए डाटा एंट्री ऑपरेटर में काम किस तरह से करना होता है डाटा एंट्री के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है क्यूँ डाटा क्या है वॉट इज द डेटा अंस कंप्यूटर की भाषा में उस एंट्री को डाटा कहा जाता है जिसे हम इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माउस आदि की सहायता से कंप्यूटर में दर्ज करते हैं यानी जब हम कीबोर्ड या माउस की सहायता से कुछ भी टाइप करते हैं तो हमारे द्वारा टाइप किए गए वर्ड को डाटा कहते हैं ठीक इसी तरह जब हम कोई वीडियो तथा इमेज अपलोड करते हैं तो वो भी डाटा के रूप में कंप्यूटर में सेव होता है क्यू डाटा एंट्री क्या होता है वॉट इज डेटा एंट्री अंस डाटा का मतलब होता है आंकड़े तथा एंट्री का मतलब होता है प्रवेश करना यानी किसी आंकड़े या सेंटेंस या इन्फॉर्मेशन या वर्ड को फाइल में लिखना और उसको लिपिबद्ध करना डाटा एंट्री कहलाती है क्यू डाटा एंट्री ऑपरेटर क्या होता है वॉट इज अ डेटा एंट्री ऑपरेटर अंस वो लोग जो डाटा एंट्री करने से पहले डाटा का मतलब समझते हैं की डाटा क्या है किस तरह लिखा है उसको कैसे लिपित तरीके ऐसी लिखना है उनको डाटा एंट्री ऑपरेटर कहते हैं वेकेंसी जैसा कि हम लोग जानते हैं बिहार सरकार ने कहा है कि लोग अब मामूली फीस पर भूमि सुधार से संबंधित दस्तावेज अपने अंचल या ब्लॉक कार्यालय से प्राप्त कर सकेंगे जमीन का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने तथा भूमि से संबंधित डिजिटल डाटा दस्तावेज को कम से कम शुल्क पर उपलब्ध कराने के लिए ई धरती ई धरती योजना के अंतर्गत मॉडर्न रूम बनाया जा रहा है ई धरती योजना के अंतर्गत छब्बीस प्रकार के जमीनी कागजात को ऑनलाइन सुरक्षित किया जाना है राजस्व और भूमि सुधार विभाग से स्वीकृति मिलने के बाद अब यह भर्ती की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी जिला अनुमंडल और अंचल कार्यालयों में 3,883 डाटा एंट्री ऑपरेटर की जी 3,883 डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामर और सिस्टम एनालिस्ट की बहाली जल्द ही की जानी है डाटा एंट्री के लिए योग्यता आयु सीमा नियुक्ति और आवेदन प्रक्रिया सम्बन्धित अधिक जानकारी ऑफिसियल नोटिफिकेशन के बाद ही प्राप्त कर सकेंगे डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए कंप्यूटर कोर्स जरूरी होगा क्योंकि डाटा एंट्री की बहाली कंप्यूटर पर कार्य के लिए ही की जाएगी इसकी बहाली मेरिट के आधार पर या सीधी नियुक्ति या लिखित परीक्षा के आधार पर भी हो सकती है दो दोस्तों हमारे बिहार राज्य में कुल पाँच संचल हैं जिसमें 436 में दो मंचला कार्यालय बनकर तैयार हो चुका है प्रत्येक आरोप एमएमआर के आधार पर डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति की जाएगी प्रत्येक केंद्र पर आठ कंप्यूटर आठ सॉफ्टवेयर चार बहुपयोगी प्रिंटर दो स्कैनर टेबल कुर्सी संसाधन उपलब्ध होंगे डाटा एंट्री ऑपरेटर जॉब के लिए बहाली तत्काल बेल्ट्रॉन आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जाएगी बिहार के सभी अंचलों में सात माइनस सात डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली की जाएगी सभी अनुमंडलों और जिलों में एक डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली होनी है यहाँ सिस्टम एनालिस्ट दो प्रोग्राम और शून्य डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रुप सी एक सौ उनतालीस और डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रुप तीन हजार सात सौ अड़तीस को पर तीन हजार आठ सौ तिरासी चार बेल क्या है बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड इसका वेबसाइट एड्रेस https डी है इसकी स्थापना सत्रह फरवरी दो में हुई थी इसके चेयरमैन श्री अरुण कुमार सिंह है और डायरेक्टर श्री मिहर कुमार सिंह है बेलट्र एक ऐसा उपक्रम है जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर, समान तथा आई सेवाओं से संबंधित व्यवसायों में संलग्न है यह सरकार की तकनीकी जरूरतों को पूरा करता है तथा राज्य सरकार के सभी विभागों और एजेंसियों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं का उदारण और कार्यान्वयन करता है इसके मुख्य काम है बिहार सरकार को उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉनिक आईटी टी समान आई टी सेवाएं प्रदान करना अपने ग्राहकों को खुद आईटी टी यूजर फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करना ताकि वो खुद आसानी से कोई भी सार्वजनिक जानकारी प्राप्त कर सके डाटा एंट्री ऑपरेटर बनने के लिए आपकी योग्यता एजुकेशन क्वालिफिकेशन कैंडिडेट कम ऐसी कम दसवीं या बारहवीं और ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज कॉलेज या यूनिवर्सिटी से कैंडिडेट को कंप्यूटर से संबंधित जानकारी होनी चाहिए जैसे BCA, सी ए डी टेली डीसी इत्यादि कोई कोर्स किया होना चाहिए बेसिक नॉलेज ऑफ डेटा एंट्री बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट योर कॉन्फिडेंस और इंटरेस्ट एक भाषा का ज्ञान भाषा को ट्रांसलेट करना उदाहरण के लिए लक्ष्मी नगर दिल्ली को लक्ष्मी नगर डेली इस तरह से टाइप करना होता है ऐसे में अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो वो आपके डाटा एंट्री के लिए ठीक नहीं होता है दो टाइपिंग स्पीड अगर आपको लगता है कि आपके हाथों की टाइप करने की स्पीड ठीक है तो टाइपिंग नियमों को जरा पढ़ ले क्योंकि आजकल मोबाइल में आसान कीबोर्ड होने के कारण हर कोई भी आसानी से टाइप कर लेता है किंतु मोबाइल और कंप्यूटर में टाइप करने में बहुत फर्क होता है तीन कंप्यूटर का ज्ञान डाटा एंट्री करते वक्त आपको कंप्यूटर के सारे शॉर्टकट की को ध्यान में रखना चाहिए जिससे आपको काम करने में आसानी होती है डाटा एंट्री में काम क्या क्या होता है एक कैप्चा एंट्री दो बेसिक टाइपिंग तीन फिल सर्वे फॉर्म चार कॉपी पेस्ट पांच मेडिकल कोडिंग छह पेरोपरेटर सात कैटलॉग्स डेटा एंट्री ऑपरेटर आठ ईमेल प्रोसेसिंग एच क्यू ऑनलाइन आवेदन अप्लाई कैसे करें https सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं बिहार सभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ें पड़े तीन ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करें चार ऑनलाइन एप्लीकेशन फी पेमेंट करें क्यू सिलेक्शन प्रोसेस एक सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम सीबीटी एग्जाम दो इंटरव्यू